स्वागत है हमने खुले प्रणालियों के बारे में काफी चर्चा की है हमने संरक्षण की बड़े पैमाने पर देखा था हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को देखा फिर हमने देखा कि यदि हम स्टडी स्टेट को मान लेते हैं तो इक्वेशन किस तरह दिखेगा और फिर अंत में हमने हीट ट्रांसफर सिस्टम वर्क ट्रांसफर सिस्टम नोजल और डक्ट के कुछ उदाहरणों को देखा पिछले तीन को माना गया था कि एडियाबैटिक थे लेकिन जो अब समस्याओं का समाधान होगा उसमें इन्हें एडिबैटिक होना माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है इसलिए हम अभी एक काफी सरल समस्या ले सकते हैं इसमें स्टीम टरबाइन इन्वॉल्व है और हम कई मान्यताओं को बनाएंगे जैसा कि जब हमने टरबाइन पर चर्चा के शुरुआत किया था उसके बाद हम कुछ और सामान्य समस्याओं का समाधान करेंगे जहाँ हम कुछ टर्म्स को निग्लेक्ट नहीं करेंगे जिससे कि आपको पता हो कि हर बार हम इस तरह के टर्म्स को निगलेक्ट नहीं कर सकते तो हैं प्रति की से स्टीम ले रही है। और छह सौ किलो वाट्स का पावर उत्पन्न कर रही है हीट के नुकसान की उपेक्षा टर्बाइन के माध्यम से बह रही भाप की विशिष्ट तापीय धारिता में परिवर्तन का निर्धारण करता है यदि प्रवेश और निकास वेग नग्न है प्रवेश और निकास के बीच हाइट्स में अंतर भी नग्न है तो यह काफी सरल समस्या है। कुछ जो हमने चर्चा की थी जब हम टरबाइन चर्चा कर रहे थे तो हम इसके बारे में कैसे जानेंगे हम स्टेडी स्टेट के लिए पहला सिद्धांत लिखेंगे तो यह उल्लेखित नहीं है कि यह स्टेडी स्टेट समस्या है परंतु कोई यह मान सकता है कि टर्बाइन स्टेडी स्टेट में कार्य कर रही है तो हम सबसे पहले स्टेडी स्टेट के लिए पहला सिद्धांत लिखेंगे जो कि इस प्रकार है तो पहला सिद्धांत इस तरह लिखा था Q. डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट एस इक्वल टू एम डॉट मल्टीप्लाई स्पेसिफिक एंथॉल्प में अंतर है काइनेटिक एनर्जी में अंतर है और पोटेंशियल एनर्जी में अंतर अब ध्यान दें कि सभी मान्यताएं जो कि समस्या में उल्लेखित थी वह हम जब एडियाबैटिक टर्बाइन पर चर्चा कर रहे थे तब जो माना था उसी के समान थी और यह इस प्रकार है उन्होंने उल्लेख किया था कि आपको हीट लॉस को उपेक्षित करना चाहिए इसलिए हम इस Q डॉट टर्म को जीरो के रूप में पुट करेंगे यह भी उल्लेखित है कि प्रवेश और निकास वेग नग्न है तो न सिर्फ अंतर ये वेग खुद ही नग्न है तो कुल मिलाकर हम इस अवधि को काफी छोटे अवधि कहते हैं हम इसे शून्य के रूप में पुट करते हैं और यह उल्लेख किया गया है कि हाइट्स में अंतर भी नग्न है जिसका अर्थ है ZE- ZI भी छोटी मात्रा में है तो हम इसे इक्वल जीरो शून्य पुट कर देते हैं और हम अपने साधारण इक्वेशन में आ जाते हैं जो कि -W.S.M.HE-HI है या हम लिख सकते हैं W.S. डॉट एस बाई एम अब एच आई के बराबर है तो W.S. क्या है यह किलोवाट में दिया गया है यह 600 किलोवाट है एम डॉट किलोग्राम प्रति घंटे में दिया गया है यह 5400 किलोग्राम प्रति घंटे है जिसे कि किलोग्राम प्रति सेकंड में लिखा जा सकता है क्योंकि यह हमारे पसंदीदा इकाइयाँ हैं और हमने देखा कि डब्लू डॉट बाई एम डॉट 600 किलोवाट है जिसे कि मैंने किलोजूल प्रति सेकंड भागे 1.5 किलोग्राम प्रति सेकंड के रूप में लिखा है और हमने 400 सौ किलोजूल प्रति किलोग्राम के साथ समाप्त किया है और यही विशिष्ट एंथल्पीज में अंतर है जिसे पूछा गया था इस नंबर पर एक नजर डालें हम क्या करेंगे कि एक अन्य स्निपेट में हम स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन में एंथलपीज में मतभेद से सामान्यतः प्राप्त मूल्यों पर नजर डालेंगे और पता लगाएंगे कि इस वैल्यूज के साथ किस तरह वेग और हाइट में परिवर्तन की तुलना की जा सकती है और क्यों काटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में अंतर को नग्न मानना यथोचित ठीक है धन्यवाद